karna bhoriya na tere bina main ki chala na main mo soriya na tere bina main ki chala na lekin kaash aisa hota wiki lukbata ko mai love girl dil todne ki ye sazaa ko lukbata ko mai love girl dil todne ki ye sazaa ko Judy di kismat hai, Judy di wada hai, Judy di tere hi haseen aur Judy di asoot hai. Agar yado ne aunga, le jaayegi meri khami. Sazaay bolo legi tu jisko ekya diya, konde kiya, tu mukhlaam.